दोस्तों मैं धर्मेंद्र मुजिद्रा आप सबके सामने आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं बहुत लोगों के फरमाइश थी कि ओपनिंग में किंग्स इंडियन डिफेंस बहुत ही फेवरेट है आजकल तो हाउ टू प्ले अगेंस्ट किंग्स इंडियन डिफेंस दोस्तों मैंने बहुत बार ये ओपनिंग खुद खेल के ट्राई की है आप मेरे ली अकाउंट में जाके मेरी गेम्स देख सकते हो प्ले विथ वाइट आप रैपिड या क्लासिकल सभी जो मेरे गेम्स है उसमें आप सर्च करके वाइट की गेम्स देख के हाउ टू प्ले अगेंस्ट किंग्स इंडियन डिफेंस बहुत सारी गेम्स आपको मिल जाएगी तो किंग्स इंडियन डिफेंस के सामने कैसे आपको खेलना है इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में ये ओपनिंग बनाई है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखे और पूरी गेम्स भी बाद में मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं कि लेटेस्ट मैंने एक गेम खेली थी बहुत ही इफेक्टिव रही है तो यहाँ पे हम किंग्स इंडियन डिफेंस यानी डी फोर हम जब व्हाइट से खेलते हैं मेरी फेवरेट ओपनिंग है कॉलेज सिस्टम कॉलर सिस्टम में मैं डी फोर नाइट एफ थ्री ई थ्री विशअप डी थ्री नाइट डी शॉर्ट कैशल ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ कॉलेज सिस्टम में और दोनों भी सब किंग साइड अटैक कर रहे हैं और नाइट ई फाइव देन एफ फोर भी आता है कभी कभी तो ये कॉलेज सिस्टम का मेन स्ट्रक्चर है लेकिन आज मैं बताने जाने वाला हूँ कॉलेज सिस्टम अगेंस्ट किंग्स इंडियन मतलब कोलेज इसमें होगा ही नहीं तो स्टार्टिंग पोजिशन हम देखते है डी वाइट खेलता है नाइट एफ किंग्स इंडियन प्लेयर ऑलवेज पहले नाइट एफ करते हैं कई लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए D6 भी कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि नाइट एफ सी से बाद आपको खेलना है कोलेज सिस्टम का सेकंड मूव जो है नाइट एफ यहाँ पे दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि वो G6 सिक्स खेल रहा है या फिर D5 फाइव खेल रहा है तो D5 में आपको मेन कोलेज सिस्टम खेलने को मिलेगा क्योंकि किंग्स इंडियन में डी ज्यादातर नहीं होते तो d5 में आप e3 करके आगे कंटिन्यू कोलर सिस्टम खेल सकते हो लेकिन नाइट f6 इसके सामने nf3 d4 डी फोर नाइट एफ सिक्स अब यहां पे ब्लैक g6 सिक्स अगर करता है तो ये हो गया किंग्स इंडियन डिफेंस का स्ट्रक्चर तो यहां पे आपको तुरंत रिप्लाई देना है नाइट c3 नॉर्मल में कोलर सिस्टम में नाइट बी डी टू होता है लेकिन यहाँ पे हम खेलेंगे नाइट सी थ्री इसका मेन रीजन है कि आपको ब्लैक को फोर्स डी करवाना है यहाँ पे डी इसलिए कि अगर ब्लैक ने डी नहीं किया बिशअ जी सेवन किया तो आप यहाँ पे ई फोर करके पूरा सेंटर अपने कंट्रोल में ले लोगे तो ई के बाद व्हाइट की गेम बहुत ही अग्रेसिव रहेगी तो ये पोजिशन में अगर ब्लैक ने बिशअप जी सेवन किया है तो यहाँ आपको खेलना है ई उसके बाद शुरू से देखते हैं d4 knight f6 एफ g6 एन d6 e4 जी सिक्स सब जी कई बार pg7 पहले आता है या कई बार d6 सिक्स पहले आता है मतलब स्ट्रक्चर तो यही रहेगा ब्लैक का अब बीजी से उनके बाद यहाँ पे देखना है आपको बिशअप डी थ्री नहीं खेलना है खास ध्यान रखो कोलर सिस्टम में बीडी थ्री होता है लेकिन अगेंस्ट किंग्स इंडियन बिशअप ई टू इज गुड बिशप डी थ्री इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि ये जो डायग्नल है यहाँ जी सिक्स फॉन्ड ऑलरेडी चला हुआ है तो ये बिशअप एच पे कोई टारगेट नहीं करेगा तो बिशअ ई सेफ मूव है बाद में ये अटैकिंग मूव भी होगा इसके बाद ब्लैक खेल रहा है कैशल यहां आपको कैसलिंग की कोई जल्दी नहीं करनी है क्यों? कि ब्लैक को कैसलिंग करने का पहला राइट है ही नहीं अगर ब्लैक ने पहले कैसल किया है तो इस टाइम पे आपको अर्ली अटैक कैसे हो ये सोचना है तो यहाँ पे हम अर्ली अटैक के बारे में सोचेंगे तो पहले खेलेंगे बिशअप एप फोर आइडिया बिहाइंडिस मूव क्विंडी टू देशअप एच सिक्स तो ये उसका स्ट्रांग विशअप हम एक्सचेंज करने के बारे में सोचेंगे तो बिशअ एफ के सामने ब्लैक रिप्लाई दे रहा है बी सिक्स अब देखो ब्लैक बी सिक्स क्यों करेगा ब्लैक बिशअप जी फोर भी तो कर सकता है लेकिन बीजी फोर कोई इफेक्टिव नहीं है यहाँ पे ऑलरेडी बिशअप ई खेला हुआ है तो अखर बीजी फोर में हम एस थ्री करेंगे फिर हमें ही टेम्पो मिलेगा तो यहाँ पे बीजी फोर ज्यादा अच्छी मूव नहीं है इसलिए ब्लैक खेलेगा बी सिक्स के बाद क्वीन डी क्वीन डी टू पे हमारा टारगेट है बिशअप एच अब ब्लैक रिप्लाई देगा बीबी सेवन यहाँ पे इस पॉइंट थे सिंपल आपको यहाँ डी फाइव कर देना है देखो सी सिक्स और ई सिक्स दोनों आपके कंट्रोल में है दोस्तों तो यहाँ पे गेम खेलने का बहुत ही मजा आएगा इस पोजीशन से आफ्टर बीबी सेवन डी फाइव और फिर ब्लैक यहाँ ब्रेक करने के लिए सी सिक्स करता है तो आपको सिंपल इसे कैप्चर भी कर सकते हो या फिर लॉन्ग कैसल करके उसे मारने का मौका देके अपना दूसरा फोन इधर ला सकते हो लाइक दिस अगर उसने तुरंत सी सिक्स किया तो आपको मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आप एच करके अर्ली अटैक एच थ्री और ये कर सकते हो तो ये है कोले वर्सेस किंग्स इंडियन उसके बाद यहाँ पे आप लॉन्ग कैसल करके काफी अच्छी तरह से अटैक कर सकते हो मेरी एक गेम लेटेस्ट में हुई है लीचेस में आप देख सकते हो मैं लीचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते है वो गेम दिखाता हूँ पूरी बहुत लंबी गेम चली है लेकिन मजा आएगा देखो और वीडियो को लास्ट तक देखियो डी फोर यहां पे ब्लैक ने खेला था नाइट एफ सिक्स नाइट एफ थ्री डी सिक्स दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा लीचेस में मेरी रेटिंग ट्वेंटी वन हंड्रेड से ऊपर है तो सारे प्लेयर्स काफी स्ट्रांग प्लेयर मिलते हैं मुझे और गेम खेलने का मजा भी और आता है d6 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने पहले d6 कर दिया लेकिन d6 करे या g6 हमें समझ जाना है कि यहाँ पे किंग्स इंडिया नहीं खेलने वाला है तो और कॉलेज सिस्टम में नॉर्मली नाइट e5 आना चाहिए लेकिन d6 पहले से नाइट e5 को स्टॉप करता है तो यहाँ नाइट e5 का कोई जगह नहीं है तो नाइट c3 उसके बाद ब्लैक खेल रहा है g6 और यहाँ मैंने खेला था e4 ई के बाद बीच जी सेवन दोस्तों ऐसा नहीं कि ओपनिंग तैयार करने के बाद आप गेम जीत ही जाओगे ऑन बोर्ड आपको कैसे मूव निकालने होते हैं इस गेम को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने कितना बेहतर इन सैक्रिफाइस वाला मूव निकाला था जिसमें इन बिटवीन मूव भी है मतलब इंटरमीडिएट uh, मूव कि जो कोई पीस या पॉन मारने के बाद उसके बाद कोई हमारा पीस रिटर्न लेते हैं ये मूव भी मैंने कैल्कुलेशन किया है तो पूरी गेम में एंड में आपको बहुत मजा आएगा तो एंड तक देखिए विशअप जी सेवन यहां पर मैंने खेला है बिशअपी टू उसके बाद ब्लैक कैसल यहां पर विशअप एफ फोर ये ही मेरा प्लान है क्वीन डी टू ब्लैक खेल रहा है यहाँ पे बी सिक्स यहां पर क्वीन डी टू बीबी सेवन और यहां ये पॉन पे डबल अटैक है तो सिंपल डी फाइव ब्लैक प्लेट सी सिक्स यहाँ पे मैंने इग्नोर किया है c6 को h3 किया है क्योंकि ऑलरेडी पॉन को स्ट्रीन सपोर्ट है तो cd5 डी यहाँ पे ई d5 ये पॉन d5 पे आपका बहुत ही इफेक्टिव रहेगा क्योंकि यहाँ पे e6 को भी स्टॉप करते हैं तो cd5 d5 के बाद ब्लैक प्लेट यहाँ नाइट b7 सेवन यहाँ पर मैंने जी फोर करके अर्ली अटैक शुरू कर दिया है देखो आपने कैसल नहीं किया लेकिन खेलने का कितना मजा आ रहा है आपके पास दोनों साइड के कैसलिंग की चॉइस अभी भी रुकी हुई है आप कभी भी कर सकते हो तो यहाँ पे मेरा आइडिया था लॉन्ग कैसल का लेकिन मैं थोड़ा वेट करके अटैक करके करना चाहता था आप भी इसी तरह गेम खेलोगे तो बहुत ही सक्सेस होंगे यहाँ पे जी उसके बाद नाइट सी ब्लैक का आइडिया है नाइट ई फोर लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया है कोई जरूरत नहीं है मूव वेस्ट करने की लॉन्ग कैसल नाइट एफ ई फोर एक नाइट टेक्स नाइट आफ्टर नाइट ई फोर अब आपको यहाँ पे क्वीन के लिए ई थ्री बेस्ट है क्योंकि नाइट एक्ट थ्रेट भी है और क्वीन ई थ्री नाइट पे अटैक करके मूव करेंगे अब नाइट को वापस ही लेना होगा नाइट सी इज गुड यहाँ पे ब्लैक ने नाइट सिक्साइव किया उसके बाद जो हमारा प्लान था वो अब हम कर सकते हैं। दोस्तों लॉन्ग कैसल पहले करने का मेरा रीजन ये ही था कि बिशअ एच सिक्स के बाद अगर उसने बिशअप टेक्स बिशअ किया हम क्वीन से बिशअप मारेंगे तो ये पोन हैंगिंग रहेगा है जो बिशप से मरता है लेकिन अब हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि तो रुख डीवन पे आ चुका है लोंग कैसल के बाद तो बिशफ H6 ब्लैक में भी चाहा कि हमारी क्वीन को एंट्री नहीं देना है अगर उसने मार दिया है तो अर्ली अटैक हो जाएगा नाइट G5 से उसके मेट की थ्रेट आने वाली है इसने खेला है क्वीन D7, सेवन बिशअ G7, किंग टेक्स G7, क्वीन D4 फोर चैक किंग G8, उसके बाद रूक एच जी तो यहाँ पे हमारा प्लान है h4 h5 एच और ये अटैक करने का कर। ब्लैक यहाँ पे क्वीन a4 डबल अटैक कर रहा है और ब्लैक सोच रहा है कि हमारा अटैक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है तो यहाँ पे ब्लैक चाहेगा कि क्वीन एक्सचेंज हो जाए लेकिन यहाँ मुझे हर एक मूव अटैक मतलब टैम्पो के साथ मिल रहे हैं इसलिए मैंने क्वीन एक्सचेंज कर ली क्वीन ए ने फोर करने से हमें एक तो फायदा यह है कि उसका नाइट ए जाना पड़ेगा और आउट ऑफ प्ले नाइट हो जाएगा तो हमें एक मु गेन करने को मिलेगा तो आफ्टर नाइट ए हमें यहाँ एच फाइव का मिला नाइट से ब्लैक वापस से नाइट सी आ रहा है उसके बाद नाइट जी फाइव नाइट जी फाइव अब यहाँ पे मैंने उसे वीकनेस के लिए नाइट जी किया है मुझे पता है वो एच या एफ खेलेगा और उसने यही मिस्टेक की है एफ दोस्तों यहां पे नाइट ई सिक्स पावरफुल नाइट अब ये कोई भी प्लेयर इसे मारना ही चाहेगा क्योंकि तो ऐसी जगह पे अगर नाइट बैठा है तो फ्यूचर में नाइट सी और बहुत सारे मूव है नाइट टिक्स एफ एट नाइट टेक्स सी फाइव यहाँ पे ब्लैक ने नाइट टेक्स नाइट कर दिया और मैं यही चाहता था कि मेरा एक फोन ई पे आ जाए ताकि एफ हमारे कंट्रोल में आ जाए अब सेवन कंट्रोल करने का एंड में बहुत ही बहुत ही फायदा मिला इस गेम में दोस्तों तो आफ्टर नाइन्टी सिक्स जी फाइव यहां पे ब्लैक ने खेला है जी फाइव उसके बाद बिशप बी फाइव सॉरी यहां पे दोस्तों ब्लैक सी खेल रहा है पहले यहां पे हमने खेला है एच फाइव के बाद यहां ब्लैक ने खेला है जी पूरा ब्लॉक करना चाहता है वो दोस्तों तो जी के बाद बिशअप बी फाइव आइडिया भी है डीसमो को यहां बिठाना चाहता हूं लेकिन ब्लैक ने रिप्लाई दिया बिशअप सी और यहां पे मैंने खेला है बिशअप ए दिस ये आपको थोड़ा सरप्राइज लगेगा कि वेस्ट हुए का। कि पहले, था, लेकिन को लाने के पहले सामने वाले के के कुछ पोजिशन चेंज करके हम यहाँ आते हैं इधर आने का एक दूसरा भी रीजन है की फ्यूचर में कहीं ऐसा न हो कि बी और फिर रुक बी और हमारा बिशअ ट्रैप हो जाए तो ये सब लॉन्ग कैलकुलेशन करने के बाद बिशप डी खेला है आफ्टर बिशअप डी थ्री ब्लैक खेल रहा है यहाँ पे किंग जी रुक डी एफ वन अब प्लानिंग है एफ का ब्लैक खेला है बिशअ डी तो यहाँ पे हमें सेंटर पोन बचाना है इस पोन को इग्नोर करके मैं यहाँ पे विशप एफ फोर खेल रहा हूं बिशअप टिक्स ए और यहां खेला है एफ फोर बिशप सी फोर ब्लैक प्लेड रुक एफ उसके बाद बिशफ डी फाइव ब्लैक का प्लानिंग है कि अब दोनों रुक ओपन में लाए लेकिन कुछ उसे मौका मिला ही नहीं दोस्तों ये गेम में बिशअ डी फाइव के बाद यहां मैंने एक पॉन सेक्रीफाइस दिया है h6 लेकिन वो ले नहीं सकता अगर वो ले लेता किंग टेक्स h6 तो जल्द ही हमारी गेम विनिंग में आ जाती रुक एच चैक चैट देन रुक टेक्स h7 सेवन तो ये थ्रेट थी इसलिए उसने किंग टेक्स h6 एक्सेप्ट नहीं किया सेक्रीफाइस ब्लैक प्लेड हियर क्वीन किंग एच एट रुक G3, रुक का मेनोरिंग रुक को डबल करना चाहते हैं हम उसके बाद G क्रॉस एफ फोर रुक क्रॉस एफ फोर रुक G8, रुक F1, आइडिया रुक G3 करके फिर ये पॉन को प्रेशर देना तो रुक F1 के बाद ब्लैक बिशबी B7. रुक ए थ्री यहाँ पे कुछ हम कई कई मूव ऐसे होते दोस्तों कि जिसकी जरूरत ज्यादा नहीं होती है लेकिन छोटी छोटी थ्रेट देने में मजा आता है रुक ए अब यहाँ पे रुक क्रॉस ए सेवन की थ्रेट है तो ब्लैक रिप्लाई बिशअप ए और ये उसकी सबसे बड़ी गेम में मिस्टेक वाली मूव है क्योंकि बिशअप एकदम लास्ट रैंक पे कोई काम नहीं करेगा बहुत ही डेंजर है ब्लैक के लिए विशप ए के बाद वापस रुकने अपना काम कर लिया है तो रुक जी थ्री वापस रुक जी थ्री उसके बाद रुक सी फाइव और यहां आपको मेरी सबसे विनिंग मूव बेस्ट मूव मिलेगी पॉन टू जी फाइव पॉन सैक्रिफाइस एफ क्रॉस जी फाइव मैंने यह भी सोचा है कि रुक क्रॉस जी फाइव करेगा तो रुक क्रॉस जी फाइव देन एफ क्रॉस डी फाइव डी थ्री तो यहां पे दोस्तों उसने क्रॉस किया अब हमारी इंटरमीडिएट मूव जो है दे अब देखो नेक्स्ट क्या है अगर वो रुक ई फाइव करता है तो रुक एफ सेवन और फोर्थ चेकमेट आई तो यहां पे उसने दोस्तों पहले से ही रुक सी किया डी के बजाय आ, रुक डी किया सॉरी अब मैंने रुक एफ सेवन किया और बाद में उसे कंपलसरी रुक टेक्स बिशअप करना पड़ा अगर वो रूख से बिशअप नहीं मारता है तो उसके मेट की थ्रेट खड़ी है दोस्तों यहाँ पे तो मेट की थ्रेड बचाने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन है अगर ये रूख हटाता है तो भी वाइट इजीली विन हो जाएगा रुक टेक्स पॉन चेक धैन किंग जी उसके बाद रुक चेट और फिर रुक टेक्स डी और सिंपल विनिंग गेम यहां पे उसने रुक से रुक दे दिया है हमें और बचाने के लिए रुक क्रॉस डी थ्री कर दिया और मैं जानता था ये कंपलसरी मूव है रुक क्रॉस डी थ्री सी क्रॉस डी थ्री उसके बाद जी फोर मैंने एक वेटिंग किया किंग डी टू उसके बाद विशप डी फाइव रुकटेक्स डी सेवन बिशक रुक टेक्स ए सेवन रुख से पोन पेटेक किया लेकिन वो मार नहीं सकता मेट की थ्रेट है रुके एट से तो मैंने इसका फायदा लिया है रुक एफ सेवन अब मुझे पता है कि वो पौन मारेगा तो यहां पर मेट हो जाएगी मेट बचाने के लिए किंग जी एट गया और सिंपल नेचुरल मूव थी ब्लैक के लिए कोई भी प्लेयर मैं भी होता तो किंग ही खेलता इधर लेकिन ये मूवी गलत है रूक टेक्स एफ के बाद ब्लैक रिजाइन तो ये गेम काफी बेहतरीन थी एंड गेम तक की जो टैक्टिकल मूव्स इसमें आपको बहुत देखने को मिलेगी दोस्तों तो पूरी गेम दो बार देखिए बहुत ही मजा आएगा और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अब मेरे नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सनडे तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात